मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया जिसे राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है इसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट आरोप दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निमंत्रण आरोप पंद्रह नवम्बर को जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में शहडोल पहुँच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्दोधन देंगी मुख्यमंत्री ने ट्वीट पर इसकी जानकारी दी और कहा कि आज मेरी महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से बात हुई है मैंने महामहिम राष्ट्रपति को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश का निमंत्रण महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी ने स्वीकार किया है राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मध्य प्रदेश में प्रथम आगमन हमारे लिए गौरव का विषय है राष्ट्रपति जी पंद्रह नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शहडोल पधारेंगी संपूर्ण मध्य प्रदेश राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का उद्बोधन सुनेगा मध्य प्रदेश की धरती पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया का स्वागत है आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले जनजाति समुदाय से संबंधित द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले जनजाति समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति है मुर्मू भारत की राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली दूसरी महिला है